सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो कार्य में आज आपके आत्मविश्वास बनेगा परिवार में आनंद पूर्वक जो है आज वातावरण रहेगा खुशी का सौहार्द का वातावरण बना रहेगा माता की प्रेरणा से आज सिंह राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और आज छोटे भाइयों के साथ आपके कुछ संबंध मधुर नहीं रहेंगे संतान के लिए भाग्यशाली समय रहने वाला है संतान को आपके सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी गुप्त शत्रु आज आपके कार्य बिगाड़ सकते हैं परंतु आप अपनी सूझबूझ से उन लोगों पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सिंह राशि के जातकों को प्रयास ये करिएगा सूर्यदेव को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए और नमस्कारा प्रिय भानु अर्थात सूर्य को नमस्कार बड़ा प्रिय है तो सूर्य नमस्कार आज आप लोग जरूर करिए सूर्य देव की कृपा आप पर रहेगी हमारी जो अगली राशि आती है उससे पहले हम सिंह राशि के जातकों का शुभ कलर बता दें तो रेड कलर आज आपके लिए शुभ रहेगा और अंक एक आज आपका सर्वथा शुभ रहेगा